जय आदिवासी जय जवाहर दोस्तों और तुम्हारे सामने में जाकिराम डाकोर और मैं नोंदे गईलू माछली माछाते नहीं महिरा बाखंड एक बगिले दारा के लूलो हिरौलो बाफोड़ा तिनाक में धरने ली आई जो हमें फिलहाल माँ में वाइस नहीं आई भाई की मार देख रे ऐसे पोछल है नंदी बांदी खा देते मच्छा ऐत्री को बार मेरी ने बगिले लुले हेरुल तीनाक धरली नाइत्री फिर मख ना। बगीगिला बगिलाड़ तुमको का देखो पूरा जा देखिया हसल रो बगिले में धरने लाइ बापर लुले हेरुल धरीन लिया हम फिलहाल में इना गाजमें उड़ाऊने कोशिश करी उड़ा उड़ी आस उड़ाई दीस इनाजे में या चलो बेक कैमेरा सार देखा तुमको उड़ाई दीस जो आप कैमरा पर आइए और ये देख लू देहाल से फिर यो और देख लो पाएसल जे जे जमुई माचा खा लो बापड़ो कुछ दी देना काजे उड़ाए नहीं फिर तो जा अस् यार या भ दोस्तों में उड़ाई दम अभी उड़ाने के बाद फिर से और दूसरों कई भी समाचार जोड़ से तेरा वीडियो लॉक में बनाबी तुम चैनल पर बने जो और कमेंट लाइक शेयर करो कर जो तुम्हारा दोस्तों भी। में भी चलो मैं इनका आज उड़ा दम जा अभी छोड़ दि जा रही उड़ता नहीं कहीं रे यार, ती की उड़ यारे उड़ मैं कहीं कर रहे यार मैं भी काई कर हमी, बी का उड़ेती थी थीना कुर्ता लगन बने रहोजी विडिया मड़े कहीं नहीं उड़ता ये बाखन चलो मैं सामने कैमरा घुमा शायद सामने कैमरा घुमाच नहीं उड़ने बाजी से कहीं कर लीस नहीं जा सामने कैमरा घुमा ल फिर से ये देखिए तुम्हें कि उड़ कि नहीं उड़ मैं उड़ा आना कोशिश कर सामने कैमेरा आइ फिर मुई थे देख यार जा रही जोरे से बगलियो फिर से बैक कैमरा कैमेरा पड़ली जत्रो फिर उड़ाई दीस कैमरा पर जाती रहा जा भी गए जा निकली किया बस इतना ही मीडिया में फिर मिलसु